अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है लगा दोनों तो नहीं लगा रखा है अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गयी ना तो तुम और तुम्हारा या तुम्हारा सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में चलो बिना बात शर्मी आती तुम लोग कुछ। अभी मैं इसको इसको किस तो तो तो क्या कर लोगे तुम ना ना बाद में आपको बना बना रखा पूरी, पूरी बना रखा पूरी तो और हो। हो तो और अगर शर्म हो अपलोड अपलोड करना करना मेरे को दो तो इस वीडियो औ चाहिए तुम्हारी इस वीडियो डाउनलोड करने की और अपने जहाँ मर्जी दिखाईगा यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या साइड में लगा रहा हूँ तुम्हारे तालाम का इसका भंडा फोड़ना करती हूँ जिसमें तो मैं लेके दिखाया मेरा था चालान चाला लो लो चालान लोग ना मैंने अपने पति के साथ ने ने ने। मैं अपनी गाड़ी ना रही ना भाई और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी रोक ली क्या हमारा अधिकार है ये आपका अधिकार नहीं है अधिकार मत बोलना यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है अधिकार मत हो बोलना क्या हो गया उससे अधिकार क्या होता है बताने देखा चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे आपका अधिकार है अधिकार है कौन से उसके लिए खड़ा लोग तुम्हारा शर्म नहीं नहीं आती डूब मर जाओ। होकर बिना बात सुनने पब्लिक से। आ रही मैं बंद में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही इतने दूर रहेंगे पास आने की रोकी हमारी गाड़ी तो रोक और अगर दम हो ना तो ये, ये वीडियो बिना उसके जानी चाहिए पब्लिक में दम से क्या मतलब क्या समझ रहे ये रहे दम है समझे क्यूँकी बेवकूफ़ बना हुआ है कोरोना के चक्कर हमारे लोग बिना बात मार रहे तुम हमारे लोग हमारे लोग रह गए अरे तो, तो आंखों में आ, में नहीं नहीं नहीं जाता मेरा पति है ये मेरा मेरा पति है मन करेगा अभी किस करूंगी इसको कर अधिकार है तो जाओ जो करना कर लो ले लो चल चलो पब्लिक बनाओ ले लो चलो तुम भाई न कोर्ट में जाएगा जाएगा इतना तो, तो नहीं है तुम बनेंगे तुम्हें ले लो ज़्यादा तो तो तो तो लोड़िया तो का पर ज़ा ज़ा नहीं मानने इधर आइए बोलो बोलो पुलिस स्टेशन चल रहे आप आइए शाम तक सारे के सारे रोक लो मुझे और तुम्हें मुख्यमंत्री चाँ लेके दिखा दो और तुम गाड़ी को हटा आओ चा भी तो चले चलिए लगाइए तुम लगा भी चलाओ चलाओ चालान आए बड़े चालान अरे पुलिस वाले इस तरह शर्म आ, कर लो दो नॉर्मल पब्लिक से सुन रहे हो क्या शर्म करनी चाहिए बोलूंगी नहीं नोट की काट रखी तुमने कोरोना के लेंगे चालान हमसे आए बड़े भिखमंगे तेरे घर पे नहीं आ रहे समझ रहे मैं भी एक पुलिस वाले वाली मिला दूँ और मेरा बाप तो तो भी एक ऐसा ही है तो करना हो हमारी गाड़ी तुमने, तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों रखा है क्यों नहीं पाया आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो मेरी मर्जी क्योंकि मुझको परेशान होती है मेरी मर्जी की मुझे परेशानी होती है तुम्हारा बाप का देश नहीं है सुप्रीम मेरे को बताओगे तुम मेरे को बताओगे यूपीएससी क्लियर कर चुकी मैं क्या हो गया फिर क्या हो गया मैडम क्या हो गया यूपीएसर कर लिया तो अगर मेरा देर हुई ना क्योंकि अधिकार बताया अधिकार बताइए आपके सुनो पागल हो गया कोई गुलाम क्या गुलामी कोई गुलामी है क्या मास्क लगा रही अभी बात है मास्क नहीं लगा रहे रहे मैं मैं तो मैं तो पब्लिक ना ना लगाऊंगा समझ अच्छा तो धीरे बोल रही है मैंने ना लगाया मास्क सुनो कर लो तुम चालान कर लो मुख्यमंत्री के बाप में आऊँ वो कर ले चालान मेरा तुम कर लो कर लो और अगर आप गाड़ी क्या है तीन बार कह रही हूँ अरे यार क्या ये चलो भाई गाड़ी गाड़ी रख दो हो गई ओ भैया नहीं मैंने है वो <स्थेवलियों> स्थेवल तो स्थेवल गाड़ी में जरूरी सामान है तो चार था था था था था